जो लोग भी एसएससी कैटेगरी बैंक कैटेगरी में पे एक दो या तीन महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं प्राइस ज्यादा होने के कारण चिंता मत करें मैं प्रवेश घटवार आपका समाधान लेकर आया हूँ मैं अपना आईडी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद